छुराए कैसे हया तेरी जो तू तो पर भूख झुकाए सुबह मुझे रोज मै ना बोलाए जैसे की झुकनू को रे रहना बोलाए ना बोलाए We fight.